हेलो नमस्ते सलाम सताल दोस्तों आपका स्वागत है द वायरल यूट्यूब में ये दुनिया नेचर और यूनिवर्स बहुत ही मिस्टीरियस जगह है इस दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो एकदम हैरान कर देने वाला है दोस्तों मुंबई के तांडव के बाद अब गुजरात में बुरा हाल और आगे राजस्थान में अलर्ट जारी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एंड तक देखिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करोड़ों का नुकसान कहते हैं ना महंगी गाड़ी और महंगा खर्चा सावधान रहे और सतर्क रहे कोरोना के चलते ब्लैक फंगस का खतरा जी हाँ दोस्तों कोरोना मरीजों पर काला कहर जिसने आधी आबादी खत्म कर दी है जिसके कारण लोगों की आंखों में दिक्कत आ रही है और आंखें भी निकालनी पड़ सकती है तो अपना ध्यान रखें अच्छा खाएं और मास्क पहनकर रखें ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को को जानने के लिए सब्सक्राइब करें